Hello guys and welcome back to channel. आज की वीडियो के अंदर हम स करने वाले हैं बेस्ट रियल मी के ये अभी अभी लॉन्च हुए थे और ये काफ़ी अच्छे हैं लॉन्च अब लॉन्च डेट में ले नहीं पड़ता बट आई थिंक सो अभी लॉन्च डेट ऐसी कोई इनकी स्पेसिफिक नहीं रहती मैं मेरे हिसाब से जितनी भी कंपनीज होती हैं उनके रिव्यूज़ के जैसे एप्पल सैमसंग इन सब ये लॉन्च नहीं करते पर पहले कुछ प्रोडक्ट भेज देते हैं और उन्हीं से कहीं कहीं ऐसे होते होते कस्टमर्स के पास भी बहुत जाते हैं ऑफिशियल डेट जो ये है बताते हैं वो ऑफिशियल डेट बहुत सारे पीसीस के लॉन्च की होती है पर कुछ पीसेज पहले कस्टमर्स के बारे में पहुँच जाते थे जैसे मेरे पास नोड है मेरे फैमिली मेम्बर के पास नोड है तो वो नोट जब लॉन्च हुआ था उससे एक दिन पहले ही आ गया था मेरे पास तो वो पहले ही आ जाते हैं कुछ पीसेज तो देखें इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है ये मैं निकाल लेना हाँ निकल जा निकल गया निकल, गा, निकल गा। इस आते थे ये निकल चुका है गीज आर दर्ड्स इसके नीचे ये ये, ये कुछ बैंड है इस पर आप इसे चेस्ट कर सकते हो बट साउंड दिखना है इसमें मैगनेटिक का ये कुछ ही है कुछ ही magnetic है जो, जो कान में लगा के देखते हैं एंड देन मैं अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर देता हूँ उसे जब इन्हें लगा रहे हैं तो बाहर की आवाज़ थोड़ी अंदर कम आ रही है एंड आई थिंक सर इसका माइक्रोफोन वगैरह भी टेस्ट करेंगे तो चलो सर अब हैं हेलो गई अगर आपको मेरी साउंड आ रही है तो ये मेरे आ, ये ब्लू स्नो है ये ब्लू स्नो की साउंड आ रही थी पहले और अब आ रही है, रही है हमारे इन इनसे के माइक्रोफोन के साउंड काफी अच्छा है और इसमें मैंने गाने वाले अभी मैं प्ले कर देता yes, हूँ इसका जो बेस है काफी ज़्यादा अच्छा है क्लियर है एंड जितने भी मैंने पहले रिव्यू करे जैसे कि ये वायरलेस वाले ये इनकी मैंने और अच्छी एक बात पाई इसमें कि देट अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जब आप देख रहे हैं तो इसका जो फिट है आपको देखिए अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ देखें तो ये ईयर तो तो फिट है वो काफी मस्त है यानी कि ये अगर जैसे मेरे फिट फिट करा तो ये एक हो जाते हैं बट जितने भी मैंने देखे हैं जितने भी अपने रिव्यूज में देखे हैं वो ऐसे नहीं होता उनमें वो अलग होते हैं पता नहीं क्यों बट ये काफी सही है इनका साउंड मुझे काफी अच्छा लगा एंड ये तो हमने रिव्यू कर दिया इसके अंदर और क्या मिलता है वो हमने दिखाई नहीं इसके अंदर आपको एक रियल मी का एक बुक्स ही मिलती है कुछ नहीं है और बस कुछ भी नहीं है इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा बर्ड्स दे रखे हैं इसके एंड देन बॉक्सेस खाली इसका जो मैंने काफ़ी अच्छी एक बात लगी कि इसके अंदर जो बटन्स दे रखे हैं वो ऑन ऑफ़ के लिए बटन दे रखा है ये काफ़ी अच्छा है इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी फायर जैसे आप इसकी क्वालिटी अब मैं ब्लू स्नो को भी कन्वर्ट कर हूँ ये इस वैसे अब साउंड में भी आपको फ़र्क लगा मेरे हिसाब से तो ज़्यादा नहीं लगता है बस वो भी का होता है और चेंजेस होते हैं डेबल वगैरह का होता है थोड़ा बहुत ये है काफ़ी अच्छे हेडफोन्स ये एक्चुअली मैंने खुद के पैसे से करे नो मोनेटाइजेशन नो स्पॉन्सर फ्रॉम रियल मी ब्रांड क्योंकि लोग सोचते हैं कि इतनी सारी चीज़ें मैं रिव्यू कर देता हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट यार बहुत ज़्यादा रिव्यूज हैं वो भी ऐसे नहीं है वो भी जो लेटेस्ट चीज़ें आती हैं या फिर कुछ जो इनोवेटिव चीज़ें होती हैं इनोवेटिव टाइप मतलब मैं वैसा इनोवेटिव नहीं बोला कि जो कि कस्टमर्स को पसंद आती हैं काफ़ी इनोवेटिव जो मनती है काफी मन वो काफ़ी मैंने मनाई है तो यही था आज का रिव्यू आज की वीडियो तो के अंदर हमने रिव्यू करा तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टेब के बारे में मनाया गया